नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका गोसाल मक्खी चैनल पर तो एक बार फिर दोस्तों हम लेकर आ गए हैं बिल्कुल एकदम फ्रेश एकदम ताज़ा गेम प्ले जिसको देखकर आपका मन बहुत ही प्रफुल्लित हो जाएगा बस आप पूरा ये गेम प्ले जरूर देखिएगा आपको मज़ा जरूर आने वाला है लेकिन इसके पहले आप लोग अभी मत सब्सक्राइब करिए ना लाइक करिए लेकिन आप पहले गेम प्ले देखिए हमें उम्मीद है कि आप बिना सब्सक्राइब और लाइक किए जा नहीं सकते हो तो हम अब लैंड कर चुके हैं थर्ड डील में और यूएमपी 45 मिल गई है मेटू गन और एक बोट शुरू शुरू में बोट मिलना बहुत ही ज़रूरी होता है किसी भी गेम प्ले में तब क्योंकि थोड़ा हाथ साफ हो जाते हैं बोट बोट मार के फिर जो रियल प्लेयर आते हैं उनको भी मारने में कोई दिक्कत नहीं होती है तो हम जो है थर्डिल में लैंड कर चुके हमारे साथ खेल रहे हैं क्योंकि आप डोवो ही खेल रहे हैं इस्वार नहीं है तो किलचोर जी खेल रहे हैं जो कि नाम से किलचोर हैं और किल भी बहुत ज़्यादा चुराएंगे आप मैच पूरा देखते रहिएगा कि कितना ज़्यादा ये किलचोर रियल वाला किलचोर है नाम केवल रख लेने से नहीं ये रियल में ही किलचोर है तो यहाँ पर जितने भी बोट आए थे देखिए ये रियल प्लेयर था जो हमारे सर पर कूद रहा था हम जान नहीं पाए छत से मेरे ऊपर ही कूद आया लेकिन इसको मैंने पेल पाल के रामपाल बना दिया है अब एक दो वोट और बचे हैं जिनको हम अपने मार के अपने हाथ को थोड़ा साफ करते हैं और साफ कर लिए हैं अब मेरे हाथ बढ़िया चल रहे हैं इन वोटों को ख़त्म कर देंगे इनको पेल पाल के रामपाल मैंने बना दिया है अब जो है हम चलेंगे जो रियल प्लेयर हैं उनको मारने के लिए तो हाँ तो पहली बात ये बता दें कि हमें कोई नॉक नहीं कर सकता इतनी जल्दी किसी में इतना दम नहीं कि गौशाला मक्खी को घुटनों के भल ला दें तो यहाँ पर सामने एक पुल के उस पार एनिमी की होने की जानकारी है तो मैं उसी की तरफ जा रहा हूँ किल चोर देखो पीछे कहीं लूटने में जुटा होगा उसका केवल इतना काम है केवल किल चुराना और लूट मार करना और कुछ नहीं तो अब हम उठा लेते हैं जीप और देखिए ये गिनर पास वाले बंदे हैं जो कि मीना गोशाल मस्जिद के पीछे भी ड्राफ लूट रहे हैं और देखिए आरपीजी से फायरिंग कर रहा है तब भी नहीं मार पा रहा है ये और ये तो भाई नशे में बैठे थे इसके अंदर गाड़ी के अंदर वो तो समझ रहे थे गाड़ी इनके बप्पा ने दे दी है तो कोई छीनेगा नहीं तो इस गाड़ी को तो हमने जला दिया है और देख लीजिए कि आर वाले को हमने मार दिया है और जो अंदर बैठा था जो नशे में था उसको भी हमने जो गांजा दिए हुए था उसको भी मार दिया है लेकिन ये दोनों किल हमको नहीं मिले हैं ये किलचोर ने चुरा लिया है देखो कितना ज़्यादा किलचोर है और आरपीजी लेकर घूम रहा है डरता इतना ज़्यादा है कि आर पी लेकर चलेगा और किल चुराएगा आर से मारकर देखिये ये बंदा एक है और इसको भी ये देखिए ये गोली पड़ जाती है नाक पड़ जाता लेकिन उन्होंने आर से एक किल और चुरा लिया मेरा इसीलिए इसका नाम ही आप लोग आईडी में देख लीजिएगा इसका नाम ही किल चोर है इसके साथ आप लोग नख खेलिएगा नहीं तो पक्का बता रहे हैं आपको एक भी किल नहीं करने देगा डैमेज आएगा सौ का और मारेगा आठ दस इससे बढ़िया यह है कि इसके साथ आप लोग खेलो तो बच कर खेलो किल चुराने में नंबर एक है इस सामने वाले घर में दो एनमी हैं एक को मैं डैमेज दे रहा हूँ और इसको मैंने घुटनों के फल ला दिया है और एक अंदर अभी शायद है अब उसको रिवाइव देने जाएगा लेकिन उसके पहले आपका भाई उनको पेल के रामपाल बना देगा हमको आपको ये भरोसा और यकीन होना चाहिए कि आपके भाई को कोई नॉक नहीं कर सकता है लेकिन इसने तो धुआँ सिगरेट जला के रखी है और सिगरेट जलाने के धुएँ के अंदर से साले ने हमें नॉक कर दिया पहली बार ऐसा हुआ कि आपके भाई को किसी ने नॉक किया हो और देखिए हमारे कहीं घोषाल मक्की एक किचोर जी आ गए जिन्होंने बिना देर किए सीधे आर जी ही मार दी है और एक बोट आ गया उसको मैंने समेट लिया है अपने किल बढ़ा लिए हैं अपना डैमेज भी बढ़ा लिया है वो थोड़ा मेडिकल की ज़रूरत थी तो मेडिकल भी ये बोट लेकर आया था कि मैं लाया हूँ मुझे मारकर ले लीजिए बोट भी बहुत अच्छे होते हैं लेकिन ख़राब तब लगता है जब आप नाक पड़े हो तब आ जाते हैं और तब तो खुट खुट मारने लगते हैं ये बड़ी समस्या वाली बात है बहुत ख़राब लगता है जब बोट हमें मार देता है एक ये प्लेयर है रियल है लेकिन असली वाला रियल नहीं है बोट में रियल है इसको भी हम समेट लेते हैं तो इस प्रकार से हमारे किल जो है छ हो जाते हैं और हमारे किलचोर जी के भी छः हो जाते हैं लेकिन ये सब छः हो के छ सब हमारे मारे हुए हैं एक एक गोली मार के इन्होंने चुरा लिए हैं अब जो है आप लोगों को खेलना होगा तो ये किलचोरा जी के साथ मत खेलेगा नहीं तो आपके पास किल नहीं आएंगे केवल डैमेज ही आएगा किल जाएंगे गौसाल मक्खी के पास अब देखिए ये मैंने बग्गी अपनी पिंचर कर दी है ये नशे में खड़ा है इसको समझ में नहीं आ रहा कि किधर मारें क्या करें तो इसको मैंने पेलपाल दिया है रामपाल बाद में बनाएँगे लेकिन इसका टीम कहीं पर तो ज़रूर है एक लेटा है शायद हमको थोड़ी थोड़ी जानकारी मिल रही है कि कहीं कहीं लेटा है नागिन बना है नागिन को तो मैं बहुत जल्दी पहचान लेता हूँ ये देखिए है अब ये नागिन को मैंने पेल दिया है और पेल पाल के रामपाल भी बना दिया है अब क्योंकि ये एक और बोट आ गया यहाँ पर उसको मैंने पेल दिया है बोट नहीं था रियल प्लेयर था और पहाड़ी के उस नदी के उस पार से जो हमें फायरिंग मिल रही है काफ़ी अच्छा खासा डैमेज दे रहे हैं इनको हमको फेलना है लेकिन हमारे गिलचोर देखिए आर पी बराबर मार रहे हैं लेकिन पता नहीं इनका आर पी कहाँ जा रहा है कुछ नहीं कर पा रहे हैं और मैं हल्का हल्का डैमेज दे रहा हूँ मेरे पास यूएमपी 45 की एम भी बहुत कम है तो आप पूरा वीडियो देखिएगा देखिए अब एन वक्त पर ऐसे वक्त पर जबकि हमारे एनमी सामने है मेरा सर्वर बैन हो गया है सर्वर जाम हो गया चलो अचानक आ गई नेटवर्क कि सामने बोट मारने आ गया था देख लीजिए यही यही होता है जब आप या तो नाक पड़े हो या परवर चला जाता है तब ये वोट आकर मारने लगता है तो आप देखिएगा आपका भाई इस यहाँ से इसको कैसे मारता है और जैसे मारेंगे हम इसको हमें उम्मीद है आपका मन नहीं रहेगा आप तुरंत जो है लाइक और सब्सक्राइब करोगे क्योंकि इतना अच्छा गेम प्ले आपको देखने को मिले मिलने वाला नहीं है आप पूरा लास्ट तक देखिएगा हो सकता है कि चिकन हो भी जाए हो सकता है कि वही मार दे क्योंकि आरपीजी वो भी बराबर चला रहा है और बंदे बचे हैं दो टू वर्सेस टू दो हम दो लेकिन वो हो सकता है दोनों बच्चे हों लेकिन हमारे में एक तो नूब है किलचोर तो उसके ऊपर तो ज़्यादा भरोसा हम कर नहीं सकते हैं और मैंने एक को ना कर दिया अब हमें उम्मीद है आप जो है लाइक वाले बटन पर आप दबा दिए होंगे और जो सब्सक्राइब का है वो भी दबा दिए होंगे और तो घंटा जरूर आन कर लेना जिससे अगला वीडियो जैसे आपका हम डालें आपके मोबाइल पर तुरंत आ जाए और आप एक अच्छा एक अच्छा मनोरंजन वाला गेम फिले देख सको तो मैंने इसको सिक्स एक्स फोर में चेंज कर लिया है अभी कहीं पर नागिन बन गया है और नागिन को आपको पता है आपका भाई तुरंत पहचान लेता है नागिन कहाँ पर है तो यहीं कहीं पर लेटी हुई है लेकिन अब क्योंकि मेरे पास ई की कमी है बहुत कम है तो ज़्यादा नहीं खर्च करना चाहते हैं क्योंकि जो ख़त्म हो गई तो फिर नहीं होगी तो जो रिवाइव आ रहा था जो रिवाइव होने आया था उसको मैंने पेल के रामपाल बना दिया अब बचा है एक वो तो ये यहीं पर लेटा है इसी वक्त देखिए मेरी गन लाल हो गई मतलब ये है कि मेरे पास ई खत्म हो चुकी तभी मेरे जो फ्रेंड हैं किलजो जी उन्होंने आरपीजी दाग दी और इस प्रकार से मेरा चिकन डिनर हो जाता है तो अब आप लोग बताइएगा भाई आपको ये गेम प्ले कैसा लगा बिना बिनर पास वाला गेम प्ले है लेकिन पूरा 100 परसेंट आपको अच्छा बिना हेक वाला है अब आप लोग इसे लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब कर शेयर करो मिलते हैं अगले वीडियो में